गोल्डन वर्ड्स बाय साइडिंग गुरु जी पेनक्रियास एक ओरगन है जो रब ने अपने हाथ में रखा है गुरु जी कहते हैं पाचक ग्रंथी एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखे हुए है